हेलो हाई गुड मॉर्निंग गाइज माई नेम इज़ हेमंत कुमार एंड यूर वॉचिंग पहाड़ी रिएक्शन तो आज हम जिस वीडियो पे अपना रिएक्शन देने वाले हैं वो है साउथ इंडियन एक साउथ इंडियन uh, YouTube चैनल है जो कि डिफरेंट डिफरेंट डिश ओल्ड स्कूल मैथर्ड से बनाते हैं ठीक है थेके? तो ये आज बना रहे हैं मटन मरूम करी तो इस वीडियो पे हम अपना रिएक्शन देंगे ठीक है अगर जो आपने अभी तक मेरा uh, YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो माई चैनल और चलिए शुरू करते हैं अरे भाई इतनी सारी बोटी लेग पीस है हाँ काइंड ऑफ एनर्जी दे आर पोटिंग अरे भाई खतरनाक इनकी एनर्जी बहुत अच्छी लगती है भाई मुझे ये लोग मैंने बहुत सारी काफ़ी टाइम से इनकी आ, वीडियोस देख रहा हूँ और इनकी काइंड ऑफ कुकिंग एनर्जी इज़ इनक्रेडिबल आज ये बना रहे हैं मटन मरूम लैंग्वेज तो पता नहीं है कि मुझे कौन सी लैंग्वेज है कन्नड़ है कि मतलब कोई और सी है तो कमेंट बिलो कि कौन सी लैंग्वेज है ये हल्दी को पता नहीं क्या बोल रहे हैं ओल्ड स्कूल मैथडोलॉजी से बनाते हैं ये लोग मतलब हर चीज़ मतलब कि सेल पे मसाले पीसना हर चीज़ ओल्ड मतलब स्कूल टेक्निक से बनाते हैं तो बिल्कुल रॉ तरीके से काफ़ी अच्छा लगता है इनका यूट्यूब चैनल और इनकी वीडियोज़ है। ये ये नो ये बट्टी बना लिया भाई पतीला रख दिया इन्होंने नल्ली आ, राली। एक वर्ड तो मेरा ये है नल्ली नल्ली एक मेरा है एक्चुअली मटन की जो बोन होती है उसे हम नल्ली बोलते उसमें पानी डाल दिया अच्छा, हल्दी डाल दिए इसमें ये गरम मसाले डाल दिए भाई इसमें चीनी पक्का है और है। डाल जैसा हमारे यहाँ हलवाई भी बनाते हैं उस काइंड ऑफ ही बना रहे भाई जल रही खतरना ये भाई करी ना मसाले पीस दिए मतलब जो सिल मुझे काफी पसंद है भाई और रो मिर्ची एकदम लाल मिर्ची का मिर्ची हरी हरी मिर्ची कट रही है भाई धनिया और लोग जो हैं वो धनिया पाउडर डालते हैं लेकिन ये लोग साबुत धनिया को ही पीस के डाल रहे हैं और इसका टेस्ट अलग ही आता है लीजिए तैयार हो गए ये उबल गए हैं नली मटन नली बोल के तैयार हैं अच्छा है इन्होंने अरोमा ऐड करने के लिए और फ्रेगरेंस एड करने के लिए इन्होंने मसालों में इन्हें क्या कहते हैं गरम कर दिया नाइस। सारे पीसेस को इन्होंने बाहर निकाल लिया एक प्लेट में और उसके अच्छा उसे भी रख लिया है ये भाई ने मशेल मसाला तैयार के तैयार करके रख लिया तो कर, है कढ़ाई रख दिया घी तो तो तो तो तो ना अच्छा पका हुआ घी आई एम नॉट श्योर की ये घी है कि तेल है मुझे लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है कुछ-कुछ वर्ड -कुछ पकड़ पा रहा हूं लेकिन पूरे नहीं समझ रहा मतलग, आ रहा सोम ये मतलब फ्रेग्रेंस के लौतों का मल्ली चलो पुदीना पुदीना शिमला वंगायाम ये छोटी अनियंस डाल देना प्याज yes. अच्छा ये प्याज कर दिए चल रही भाई जी दादू की दद्दू की, दद्दु की यार उनके फ्रेंड की <laughs> <पच्छा मिला राई। laughs> ग्रीन चिली हाई हाई हाई देखने में तो बड़ा गजब लग रहा है अरे पोंडे मसाले ऐड करे मतलब पैसे थे वही ऐड करे हैं मतलब हल्दी धनिया हो गया और नमक हो गया और मिर्च हो करते हैं अच्छे से ग्रेवी बना रहे हैं उन लोग बर्तन में लगे ना और मैं यहाँ से कमेंट्री दे रहा हूँ <laughs> ये भाई और मसाले चिली ऐड कर दिए <laughs> ये धनिया गार्लिक और अदरक नल्ली नली अच्छा उसका जूस जो बताया था वो इन्होंने ऐड करके इसमें भाई मजा आ गया मेरा मुँह में अभी भी पानी आने लग गया ग्रेवी को देख के कर कर लो नमक डाल दिया भाई ने। ने। भाई ने मारा है मैं बेगा ऐड दी सारी बोटिया ऐड कर दी तो खतरनाक हो रहा है मुझे ऐसे ही मतलब सूखा चिकन ज्यादा मटन ज्यादा पसंद है अरे भाई खतरनाक देखने में काफी अच्छा लग रहा है भाई खाने में, course, खाने में में ऑफ़ कोर्स भी बहुत अच्छा लग रहा होगा भाई जिन्होंने खाया होगा ये है तुम्हारा उसका पेड़ किस चीज़ का तो हमारी तरफ भी होता है यार पता नहीं मैं भूलिया इस टाइम ध्यान से हट रहा है बन के तैयार तो होगी न लिया चलो जी हमारा डॉगी महाराज भी आ गए हैं दावत का मजा उड़ाने अरे भाई चावल इन्होंने पहले से बना लिए थे और ग्रेवी और नलिया डाल दिया आए, आए। भाई।, भाई ये पार्टी शुरू हो गई है जो इसमें बोन मायरो होता है ना बहुत अच्छा होता है भाई नली के अंदर ये देखो ये निकल रहा है That was awesome नल्ला अरे भाई और सबसे अच्छी चीज ये है कि ये केले के पत्ते में खाते हैं मतलब हमारे यहाँ अब प्लास्टिक्स यूज होने लग गया है बट अभी भी साउथ में मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स और लाइक like, लोग जो हैं वो कड़ी के पत्ते वो आ, केले के पत्ते में खाते हैं बहुत अच्छी चीज है मटन मटनल सीक सोचा और सबसे अच्छी बात ये क्या है कि ये लोग ना मतलब गरीबों को भी खिलाते हैं मतलब मतलब अपने आप तो खाते ही हैं जो बनाते हैं वो डोनेट भी करते हैं आई बिलीव ये देखो जितने भी वृद्ध लोग हैं जितने भी गरीब लोग हैं उन लोगों को फीड करते हैं ये बहुत अच्छी है। ये मतलब कि किसी किसी को नसीब होती है ये चीज़ें ये मतलब फिज़िकली कुछ बहुत सारे लोग इसमें ऐसे है हैं कि फिज़िकली चैलेंज हैं वृद्ध हैं तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है मतलब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग और इनका आई बिलीव इनका ट्रस्ट भी है यस yes. तो ये था मेरा रिएक्शन और अगर जो आपको मेरा रिएक्शन और मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो माई चैनल और प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर फॉरदर अपडेट्स थैंक यू यू हैव गट बाय